हे hey गाइस सिर्फ फाइवर के बारे में सुना हुआ है कि फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हो मैंने भी स्टार्ट किया था फाइवर पर और मैंने अपने चार चार अकाउंट बैन करवाए फाइवर पर उसके ऊपर मैंने कोर्स भी बनाया कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है कम्पलीट एक सीरीज बनाई एक कम्पलीट प्ले बनाई कैसे आप लोगों ने फाइवर पर स्टार्ट करना है और वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी लोगो डिजाइनिंग गिग के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने वो बहुत ज्यादा पसंद भी की आप सबका शुक्रिया लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल प्रीमियम है गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ अगर मैं ऐसा कहूँ कि फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, इसके बारे में सबको पता है मैं बात कर रहा हूँ अपवर्क मुझे पता चला अपवर्क के बारे में भाई मैंने इसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया लेकिन यहाँ पर भी मैं कामयाब नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल पेड वाली वेबसाइट है ऐसा समझो के मान लो कि आपके पास कोई घर नहीं है आप रहना चाहते हो तो आप लोग रेंट पर रहते हो ना इसी तरह अगर आपके पास अपना घर है तो वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो डेट मीन्स वो आपकी मल्कित है लेकिन आप एक रेंट की तरह है जो बिजनेसमैन है जोगे अपने प्रोजेक्ट बताएंगे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनको क्या चाहिए और आप फ्रीलांसर लांसर यहाँ पर बिड करोगे अब बिड का मतलब ये नहीं है कि जितने ज्यादा अपने पैसे लगाए कि भाई मैं इतनी की बिड लगाता हूँ तो मुझे पक्का ही मिलेगा भाई ऐसा नहीं है यहां पर भी जिसने आपको हायर करना है वो भी देखेगा कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं इसलिए यहाँ पर मैं कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मेरी जो स्किल्स है टोटली ओवरऑल इन पांच सालों में वो इंटरमीडिएट ही हैं। क्योंकि थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ना है ना ना कहते हैं थोड़ी सी मिठाई रसगुल्ला खा लिया थोड़ी सी बर्फी खा ली थोड़े गुलाब जामुन खा लिया मेरा काम थोड़ा सा ऐसा है लेकिन ये वेबसाइट आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है और यहाँ पर देखे अब ग्लोबल फॉर्मोलीस और डेक्स आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इज एना अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो ये एक अमेरिकन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जो दो को बना तो अभी हम लोग क्या करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर लोग काम कैसे करते हैं यूजुअली मैंने आपको बता दिया काम को आपको बिड करनी होती है जितना ज्यादा आप अच्छा ट्रीट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी डेट मींस आपको खुश करने जहां भी आप लोग बिड लगा रहे हो क्योंकि अकेले आप नहीं हो बिड लगाने वाले बिड का मतलब प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए आपको बिड लगानी पड़ती है और ये बिड यूजली नॉर्मल बिड नहीं होती यहाँ पर बिड के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर जितने ज्यादा आप बिड खरीदोगे अगर मैं ऐसा कहूँ कि जितने ज्यादा टोकन खरीदोगे उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड लगाने के लिए मतलब उतने ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे जितने ज्यादा आप पैसे लगाओगे uh, कैसे वर्क करना है आई थिंक तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर देखे ट्रस्टेड बाई माइक्रोसॉफ्ट एयर एयरबीएन एंड BSSL एस एल एल तो ये दो बड़ी कंपनीज है तीन बड़ी कंपनी है जो ट्रस्ट करती है इसके ऊपर जैसे मैंने कहा ना माइक्रोसॉफ्ट इवन गूगल भी यहाँ पर कभी कबार आ जाता है वो भी थर्ड पार्टी के साथ जो इन पर फ्रीलांस तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है या क्लाइंट हो या फ्रीलांसर हो अगर फ्रीलांसर हो तो अकाउंट क्रिएट करना है अगर क्लाइंट हो ऑब्वियसली फिर आपको प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल ये वेबसाइट है टॉप रिलेटेड जॉब कौन सी है यहां पर आपके हैं डेवलपमेंट एंड आईटी टीट मीन आईटी के रिलेटेड अगर आप आई टी के science, learning, अगर आप तो आई के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट हो तो यहाँ पर आपको आना चाहिए और एच टी एम एल मुझे थोड़ी सी आती है मैं यूजली यहाँ पर नहीं जाने वाला क्योंकि एच के बगैर क्या ही हो सकता है तो डिजाइन एंड क्रिएटिविटी अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हो वीडियो एडिटर हो तो ऑबियसली आपको यहां आना पड़ेगा सेल एंड मार्केटिंग तो यस वीडियो एडिटिंग के अंदर सेल एंड मार्केटिंग भी आएगी तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा वैसे ये एक डिफरेंट कैटेगरीज है मैं दोनों सिमिलर थी थोड़ी सी इसलिए मैंने आपको वीडियो एडिटिंग का नाम दे दिया यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेट ट्रांसलेशन अगर आपको वही सब हो है अगर डबिंग आर्टिस्ट हो राइटर हो स्क्रिप्ट राइटर हो जिंगल बनाने आते हैं आपको आर्टिकल लिख लेते तो यहां पर आपको आना चाहिए तो यहां पर 505 स्किल्स स्किल्स। अवेलेबल सेल्स मार्केटिंग के के अंदर ये वेबसाइट आप लोगों लिए बनी है। अगर आप प्रीमियम वर्क चाहते हो अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से काम करें तो ये वेबसाइट बेस्ट है फाइबर यहाँ पर पीछे क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ फाइवर वर्क से क्यों मार्क हार जाती है यहाँ पर क्या है आपके पास अपना पैसा होगा डेट मीन आपके अपने कोई होंगे या जिसे हम लोग बीड कह देते हैं कि आपको आपके पास हैसेस जितने भी हैं, वो आपके पास अपने होंगे आप जब चाहें आए लाइक रात को सुबह बजे रात को आए दिन को आए दोपहर को आए जब मर्जी आए यहाँ पर आप इजीली अपनी बीड लगा सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको चौबीसों घंटे कोई ना कोई आपकी स्किल्स के अंदर प्रोजेक्ट देखने को मिलते जाएंगे मतलब बहुत ज्यादा काम है यहाँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन बैठोगे तब तो कोई कस्टमर आएगा आपके पास और वो आपको आपकी गीक चेक कर, कर आपको काम देगा यहां पर ऐसा नहीं है हाँ वैसे फाइवर के कुछ प्रोज अकाउंट हैं वो आप लोग ले सकते हो लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ये आप वर्क आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप लोग सीरियस हो फ्रीलांसिंग में यहाँ पर भी मेरा सिक्का नहीं चला वो कहते ना खोटा सिक्का कहीं ना कहीं तो काम आएगा तो मैं तो मेरी मेहनत तो यहाँ पर काम नहीं आई जो मेरी इंटरमीडिएट स्किल्स है लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनते हो या इंटरमीडियट भी हो आप यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हो एक के दो मंथ दें इसको अगर आपकी किस्मत चलती है ओके नहीं तो डोंट वरी मैं आप लोगों के लिए और भी बेस, वेबसाइट ढूंढने वाला हूँ और मजे की बात बताए क्या मैं भी सर्विस देने वाला हूँ एक यूजअली अगर मेरी रिपोर्ट देखो जो मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब दो से तो मैंने यूजलीमिल बनाया वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढूँ वहाँ पर मैं आपको एक जैसे मैंने आपको फाइवर का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया इसी तरह आपको कंप्लीट एक ट्यूटोरियल दू उस वेबसाइट के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाएं यूजली एंड उस पर मैं थंबनेल की जो सर्विस है वो दूँ और वहां पर हम लोग मेरी कोशिश होगी कि मैं वहां पर आपको जॉब लेकर भी दिखाऊं कि कैसे ऑर्डर लिया जाता है और उसे किस तरह से डिलीवर किया जाता है